जिंदगी के तीन ओसूल बनाओ हजरत अली ने फरमाया जिंदगी के तीन ओसूल बनाओ नंबर एक उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो नंबर दो उससे कभी कुछ न छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो भरोसा करता हो जलजले क्यों आते हैं हजरत आयशा से किसी ने पूछा जल्जले क्यों आते हैं आपने इशात फरमाया जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करती हैं जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी लोगों को बहुत मोटिवेशनल बातें बतलाने वाला हूं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें जल्जले क्यों आते हैं हजरत आयशा से किसी ने पूछा जल्जले क्यों आते हैं आपने इरशात फरमाया जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करती हैं जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस नहीं करें यानी जिना आम हो जाए जब शराब में पी जाए, गाना बजाना खूब खुले आम हो जाए तो उस वक्त जल्जले की उम्मीद रखना ना, कभी कभी इंसान वाकई थक सा जाता बल्कि हार जाता खामोश रहते रहते सब्र करते करते उम्मीदें रखते रखते रिश्ते निभाते निभाते सफाइयाँ देते देते अपनों को मनाते मनाते कभी तो खुद से ही इंसान हार जाता एक बात हमारी याद रखना जिंदगी कितनी मुश्किल क्यों ना हो जिंदगी कितनी मुश्किल क्यों ना हो दरवाजे कितने बंद क्यों ना हो यकीन करें जिस रब ने मूसा के लिए समंदर को दो हिस्सों में तकसीम किया वही रब आप के लिए भी तमाम बंद दरवाजे खोलने पर कादिर है तो मेरे भाई कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें एक बात हमारी याद रखना अपनी जिंदगी के तीन ऊसूल बनाओ हजरत अली ने फरमाया जिंदगी के तीन ओसूल बनाओ नंबर एक उससे जरूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो नंबर दो उससे कभी कुछ ना छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो भरोसा करता हो नंबर तीन उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो तो एक बात और याद रखना पहले आप इस तस्वीर को देखें ये तस्वीरें पैगाम है ये तस्वीरें पैगाम है कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं बल्कि बच्चे वो करते हैं जो हम करते नहीं जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं पहले मेरे भाई वैसा खुद बने आप बात याद एक बात हमारी याद रखना आज के दौर में लोग अपनाते हैं तहजीब को ही लेकिन मज़ा दूसरी तहजीब का लेना चाहते हैं आज मॉडर्न औरत पर्दा नहीं करती और चाहती है कि उसकी तरफ कोई बुरी नज़र से ना देखे लोग अपनी बेटी का रिश्ता उसे देते हैं जो महज अमीर हो कबीर हो नौकरी हो जिसके पास और चाहते क्या हैं कि निकाह पढ़ाने वाला कोई फ़क़ीर हो और क्या करते हैं लोग सारी ज़िंदगी हराम कमाई से माल जमा करते हैं और फिर महल बनाते हैं बिल्डिंग बना कर लिखते हैं हादमिन फजरी रब्बी ये सब मेरे रब का क्रम है और क्या करते हैं लोग माँ बाप को सताकर झाड़ झूलकर उन्हें चुप करा देते हैं और गाड़ी पर क्या लिखते हैं ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है आजकल लोग तालीम अंग्रेज़ी हासिल करना चाहते हैं नौकरी यूरोप की करना चाहते हैं सैर पेरिस की करना चाहते हैं देखना बुरज खलीफा चाहते हैं लेकिन मरना गुमबद खजरा के सामने और दफन होना जन्नतलबकी में चाहते हैं एक बात और याद रखना शख्सियत में आजजी ना हो तो मालूम में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकबर को जन्म देता है एक बात और याद रखना आखिरत पर ईमान जितना कम होगा आखिरत पर हमारा ईमान जितना कम होगा उतना ही इंसान नेकियों से दूर होगा एक बात हमारी याद रखना हमारी जिंदगी में कुछ लोगरूर ऐसे होते हैं जो दूसरों के बोल चाल में कीड़ा निकालेंगे उनके रहन सहन के स्टाइल में कीड़ा निकालेंगे उनकी राय में कीड़ा निकालेंगे यहाँ तक कि आपकी हर बात में कीड़ा निकालेंगे लेकिन अपने अंदर कीड़े मौजूद सांप बिच्छू उसको नहीं निकालेंगे बात याद रख एक बात हमारी याद रखना ये मैं हूँ ए इंसान न मैं खुद पैदा हुआ न मैं खुद दफन हो सका लेकिन सारी ज़िंदगी मैं अपनी मैं मैं में, में रहा मैंने ये किया मैंने वो किया लेकिन आखिर में वही बात आई वमन हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान और कुछ भी नहीं है मेरे भाई ज़िंदगी से इतना प्यार न करो ये किसी से वफ़ा नहीं करती है मौत को कभी मत भूलो ये कभी किसी को धोखा नहीं देती एक बात और याद रखना एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे बहुत कीमती कपड़े पहनकर बाजार में अकड़कड़ चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है एक बात याद रखना फूल कोई भी हो मगर पहचान खुशबू से ही होती है इंसान किसी भी रंग रूप या ज़ात या नस्ल का हो मगर पहचान अखलाक से ही होती है एक बात हमारी याद रखना जो न समझे कभी इंसान की आजमत क्या है क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत किया है हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान यहाँ ऐसे माहौल में सांपों की ज़रूरत क्या है एक बात हमारी याद रखना अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो मेरे भाई ये वो चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ इसे ही लेकर जाओगे एक बात और याद रखना मेरे भाई वालदान के नौकर बन जाओ वालदे के ग़ुलाम बन जाओ अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा बात याद